कनाड़ मारी याद आगी तो कनाड़ मारी याद आगी मान के बाकी रोण मतमान के बाकी वे कोनेरी जावे दूर जा बाकी दूर जा बाकी गे चिज नड़ मारे पास जी तो चीतों गिरीज नड़ मारे पास जी तो चीतोगी अच्छा। पोती की होगी मन तो दो लागे चिज नड़ मारे पास ची कृष्ण दे जाए गण घोर बुलाव तो लाड नौ का गोर विश्राम दो बार फोटी किस्मत जुड़ जंदड़ मारी लाडली आवे जंदड़ मारी ला डली आवे सी छियानबे पचास रानोली इनके मोबाइल नंबर तिरानवे इक्यावन इक्यानवे जीरो छः जीरो दो विलकेश लिया इसमें विशेष ये हो गया हैथवाराजन सिंधोली बाो सिंदौली का सूर्जन खतरी का मचे तारो खतरी का मचे तारोली चे तारो। मारो रे छोड़े सोचावेरी तू मानती है थोरी तो, तू मानती है तो।